तुझे कभी न होगी रानी भलड़े वाल रे तुझे कभी होगी हानी भरवान रे सारी के तुमकू वानी तेरी चपले बने रे मैदानी तुझे कभी होगी हानी भर जी okay.